चौपट्टी रुद्रप्रयाग दिल्ला ये है एनपीसीसी की पेंटिंग ये देखिए आप पत्थर दिख रहे हैं ऊपर ये पेंटिंग है इन लोगों की देखो ये कल की भी पेंटिंग है और ये जस्ट अभी टाइम लगभग डेढ़ बजे के हो गया है ये इन्होंने सुबह डाल लिखे पेंटिंग यहाँ पे और अभी तक इस पर रोलर नहीं चला है ये बोलते हैं ठंडी पेंटिंग है और ये पूरी कैसी हो रही है ये आप लोग देख लो और इसका दिखाता हूँ मैं कर्व कितना है ये आप देखो थिकनेस कितनी है इसकी सोलिंग तो है भी नहीं सोलिंग तो बिल्कुल भी नाम मात्र की है और G1, G2, G3 टू का तो नाम भी नहीं है और प्लस टॉप कोड तो है भी नहीं इनका डस्ट है ये जो उसके ऊपर डालते हैं ये डस्ट है। आप डस्ट की भी थिकनेस देख लो डस्ट कौन सा ये है ये डस्ट डालते हैं ये रेत है डस्ट नहीं है ये रेत है ये देखो आप ये रेत है सिर्फ इसमें मिट्टी है ये अगर इसको हिलाओगे तो ये मिट्टी है ये ये मिट्टी है रेत नहीं है ये है इसमें अभी के पता नहीं कितने बजे इन्होंने बिछाए हैं। इसमें रोल कब चलेगा इसका कोई पता नहीं है थिकनेस बिल्कुल जीरो पॉइंट है जबकि इनकी थिकनेस होती है एक इंची लगभग समथिंग वन पॉइंट टू समथिंग ऐसा होती है लेकिन इसमें कुछ ऐसा है नहीं है ये ड्रम एमल के हैं या बिटमिन के हैं काय के इसका कुछ वो नहीं है तो ये है यहाँ का पेंटिंग एन सी का ये पी की रोड इन्होंने एन पी में दे रखी है और ये है इनका वर्क अब देखो अब इनका कर्व देखो आप इन्होंने यहाँ पे एक दो तीन तीन तीन मीटर इन्होंने कर रखे लेकिन बैंड जो बैंड होता कर्व होता जो जिसको घुमा हेयर बैंड भी मैं इनका वही है सेम सेम वही है उतना ही है जितना ये स्टेट पे कर सीते कर रहे हैं उतना ही है बैंड पे कर रहे है आप ये देख लो ये है ये है इनका ये रोलर खड़ा और खा है मतलब कोई वो नहीं ये विटामिन ऐसा ये है बिटमिन इनका विटमिन भी इसमें बिल्कुल है नहीं बिटमिन अगर देखोगे आप तो बिटमिन इसमें उतना है नहीं जो विटमिन होता है इसमें एमलसन तो बिल्कुल है, तो है भी नहीं एमलसन की तो मात्रा है भी नहीं इसमें बल्कि ठंडी पेंटिंग है लेकिन ये क्या है ये रोड़ी देखो आप ये सूखी रोड़ी है ये सूखी है बिल्कुल इनमें विटामिन है भी नहीं आप देख लो इनको ये उदाड़ के ये देखो ये नीचे कहाँ ये जी जी वन जी कुछ नहीं है इसमें ये देखो ये ये इसके नीचे क्या मिट्टी है ये ये क्या ये मिट्टी है ये ये देखो आप ये ये ऐसी ये ये ये चीजें होती हैं ये देखो आप ये है इसमें क्या ये ये ये, है ये है पेंटिंग इन लोगों की देखो आप ये समथिंग देखो आप तो कितना होता है ये एक इंची भी नहीं है एक इंच भी पूरा नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है मतलब बाल का जितना नोक होता है उस हिसाब तक ये है इनका और पत्थर ये हैं ना 40 का है 60 60 का 80 के लगभग है ये पत्थर ये है और ये है और ये है ये, है। ये है इनके पत्थर ये अब ये देखो इसके ऊपर ये गाड़ियाँ चल रही है देखो ये गया ट्रैक्टर गया उठा के ले गया टायर में पता नहीं कितना ले गया तो ये है हमारे बच्चपट्टी के कुल्ली गाँव में ये पेंटिंग ये हो रही है तो आप संज्ञान ले सकते हो उस चीज में क्या? चलो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे क्या है ये? ये क्या है देखो? कितना थिकनेस इसका ये दबने के बाद कितना होएगा? आप ये बताओ चलो और छोड़ो तुम आप आप ये बताओ यहाँ पे कि थिकनि... ये इसके बाद कितना होएगा ये कितना थिकनेस इसका दो एम बोला ना आपका दो एमएम आम, है ये फिर कि, है कितना ये ये एक एम एम है बीस एम एम बोला तो 20 एम जो है सिर्फ दबने के बाद होता है मैं पूरी रोड उधार सकता हूं मैं अभी बात करता हूं एल पी सी बात करता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए आप करो काम आप हम नहीं कर रहे हैं आपको मजबूरी मत... है अभी लगभग दो बजे तीन बजे का समय हो गया ये यहाँ की पेंटिंग है अब आप देखो यहाँ पे ये है ये पेंटिंग है ये इतने बड़े पत्थर इसमें थिकनेस कुछ नहीं जबकि इनकी थिकनेस 20 एम mm एम होती है 20 एम mm तब होती है जब प्रेस होने के बाद रोलर चलने के बाद बीस एम एम होती है ये है देखो ये है इनकी पेंटिंग। ये पत्थर आ रहे इनको कितना उदारो ये पत्थर ही निकलते रहेंगे पेंटिंग नहीं निकलेगी इसमें सिर्फ और सिर्फ पत्थर दिखाने के पत्थर छुपाने के लिए ये ऊपर से एमलसन मार देते हैं यह है, ये है मिठ, नीचे मिट्टी ये देखो तो ये आप लोगों की चीज को गौर इतना बड़ा पत्थर है कि ये हाथ से नहीं निकल सकता ये ये इतना बड़ा पत्थर है ये जबकि इसमें जी वन नहीं है जी टू नहीं है जी थ्री नहीं है कुछ नहीं है पीएमजेएसवाई की रोड है ये उन्होंने एनपीसी में दे रखी है ये है देखो यहाँ की पेंटिंग ये देखो ये ये पेंटिंग ये देखो, ये देखो आप पत्थर देखो आप ये है इसमें पत्थर इन पत्थरों को देखो आप इतने बड़े पत्थर है ये। ये सोलिंग कर रखी है इसको बोलते हैं सोलिंग बोलते हैं इसको ये बोल रहे हैं कि बोला हम जो हैं, हम जानते हैं काम को आप लोग नहीं जानते हो ये लोग जानते हैं इस काम को ये है। ये ना इनके पास लैब है यहाँ पे लैब भी नहीं है कुछ नहीं है ये हर कहीं पर आप दस कदम के साथ ही जाते ही जो आपको सिर्फ पत्थर दिखेंगे ऊपर से जीरा बिछा रहे हैं टेन मार रहे हैं, उससे आगे कुछ नहीं है देखो आप मैं लगभग सिर्फ दस कदम चला हूं दस कदम के अंदर ही है देखो ये है दस कदम के अंदर ये आप देखो पेंटिंग इनके, ये है ये है पेंटिंग आप जाते ही जहां पे देखोगे आप वहीं पे आपको पत्थर मिलेंगे ये है पत्थर देखो ये देखो ये।, ये, है। ये आप देखो ये है, ये है। ये इनके पत्थर देखो ये इन्होंने रोलिंग कर जो रखी है निकल रहे बचा ने ने ने ने जो सोनी पाटा ग्राम सभा रोड है सोनी पाटा सोनी पाटा की ये रोड है ये देखो आप ये बोला बीस एम एम होती है इसकी बीस एम mm ये थिकनिस है इन लोगों की ये ये ऐसा काम करते हैं ये लोग यहाँ पे और गांव वाले भी इसमें मिले हुए हैं कुछ कुछ जो कभी बोलते नहीं इनकी अगर चौड़ाई देखोगे कदम बाय कदम सिर्फ तीन मीटर करते हैं ये सिर्फ तीन मीटर ही पेंटिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ तीन मीटर करब हो चाहे यू बैंड हो चाहे हेयर बैंड हो कोई सा बैंड हो उसमें सिर्फ तीन मीटर होती है तीन मीटर से आगे कुछ नहीं होती मैं काफी दिनों तो से देख रहा था लेकिन हमारे पास इतना मौका नहीं मिल रहा था आज हमें यह मौका मिला है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये, ये देखो ये देखो इनकी पेंटिंग हम खुद अपने हाथ खराब कर रहे हैं इनकी थिकनेस 20 एम mm है ये ये है इनकी थिकनेस ये देखो ये देखो ये देखो ये सिर्फ ये, ये पत्थर निकालने के ये पत्थर निकाला हमने ये पत्थर निकालने के बाद सिर्फ नीचे मिट्टी मिल रही है ये देखो आप ये मिट्टी है ये ये ये ये ये देखो ये, ये इनकी पेंटिंग है ये ये देख लो आप और एक जगह में नहीं है ये सिर्फ अगर आप कहीं बोल लो हो भरमित करने के लिए कि एक जगह में कर रखा होगा लेकिन नहीं एक जगह में नहीं इसके मैंने कई सबूत पहले दे दिया आपको इनका ऐसा ही काम होता है देखो आप दूसरी जगह में दिखाता हूं आपको दूसरी जगह में सेम कंडीशन है सेम कंडीशन दूसरी जगह में ये देखो आप ये दूसरी सेकंड पार्ट में भी ऐसा है ये और साइड कॉर्नर यह है ये इनका साइड कॉर्नर है ये ये साइड कॉर्नर है जिसको बोलते हैं साइड कॉर्नर पर ये ये साइड कॉर्नर है इनका ये ये देख लो आप ये है ये, ये, ये इनका साइड कॉर्नर है इसमें क्या डालते हैं ये ये रेत डालते सिर्फ डस्ट नहीं डस्ट की वजह से ये रेत डालते डस्ट की वजह डस्ट की जगह ये रेत ला रहे है दो तीन जगह मैंने आपको दिखा सिर्फ यहाँ पे दस मीटर दस मीटर दायरे के अंदर अंदर आप अब सेकंड पार्ट में आपको दिखाता हूं यहाँ पे ये यह देखो आप अगर आप इसको खोलो तो ये है ये बीस एम बोलते हैं ना तो बीस एम क्या के दो एम एम इन पे पास वो नहीं है दो एम भी नहीं है ये देखो ये मिट्टी है और पत्थर इतने बड़े हैं फोर्टी क्या सिक्सटी एटी कट समी जी वन नहीं जी टू जी थ्री है ये देखो फिर बोलते हैं बोला करप्शन करप्शन कहा है करप्शन सिर्फ हम लोगों के ऊपर है और आप लोग इसका संज्ञान लो। मैं साहब के हाथ भेज रहा हूँ इस चीज़ को और आप देखते रहोग